कानपुर में तिरंगे का अपमान बनाया मस्जिद और चांद तारे के निशान हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत कानपुर में मुहर्रम की पूर्व संध्या पर निकाले गए जुलूस में तिरंगे के अपमान का मामला सामने आया है जहां देश की शान तिरंगे पर मस्जिद चांद तारों बनाया गया है यहां तक कि उसके आकार को भी बदल मुस्लिम ताजिए के निशान का रूप दिया गया था जिसे लेकर राष्ट्रभक्तों में आक्रोश है वहीं पूरे मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध दर्ज कराया है जुलूस का एक वीडियो न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कानपुर में तिरंगे के अपमान का आरोप लगा है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत की है कि मोहर्रम के जुलूस में निशान के तौर पर तिरंगा के रूप और आकार को बदलकर उसके चिन्ह को बदलकर अपमानित करने का काम किया गया है